वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल डोंट फर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब असलकुम ब्यूटिफुल पीपल्स अगर आपको लगता है आपका कोई दोस्त नहीं है आपको कोई सुनने वाला नहीं है समझने वाला नहीं है स्पेशली टीन एजर्स बहुत जल्दी उम्मीद हो जाते हैं अकेला रहना शुरू कर देते हैं गलत कामों में पड़ जाते हैं बिकॉज उनको कोई सुनने वाला नहीं होता समझने वाला नहीं होता और फ्रेंड्स मिसगैड कर देते हैं तो परेशान हो सीधा अल्लाह से दोस्ती लगा लो दो। सीधा अल्लाह से रबता बनाओ क्योंकि अल्लाह ही एक ऐसा है जो आपकी परेशानियों को सुनता है समझता है और दूर करता है अल्लाह से ज़्यादा कोई आपकी तकलीफ़ को समझने वाला नहीं है बिकॉज अला वी आर अ क्लोजड उत दैम एंड देर और अगर आप चाहते हो अल्लाह आपसे बातें करें तो आप कुरान पढ़ो और अगर आप चाहते हो कि आप अल्लाह से बातें करें तो आप नमाज़ पढ़ो और जिसने पर अल्लाह ने जिससे दोस्ती कर ली तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही समझ आएगी बेशक अल्लाह ही एक ऐसा दोस्त है जिसकी दोस्ती में वफा ही वफा मिलेगी